के वाली बीड़ा कोई की दम किसको सुकोडर पीछे पाडली का छोरा हम बरे पाडली का छोरा वो पीतल छादी मेरे बरे दींगा गैंग चार सो बीस का छोरा पीतल छादी मेरे बरे दींगा गैंग चार बडो ब दिनेस राइबर टहलर को हम बेरे डर राइबर टेहलर को तोरे दिल सुरे सुर जा चावर फुल सफोट वइन को तोरे दिल सुरे जा चाव रे फुल फोटे वाइन को फोल सफो तू तो गई ससुराल, मेरो सुसर गहनो हम सवे अम्बेरे गहनो दुख सवे तेरा चक्कर मेरी बीनी दिल भी, भी से को रो है पिंटू और राजेश मोरली तेरा दिल में छाएड़ा हम बेरे दिल में छाएड़ा गज्जू मोहित और है जीत बी एस तेरा खास वाये ला गज्जू मोहित और है जीत बी एस तेरा खास वायेला बी एस तेरा खास सेवाएला सुप्रीट प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल बलराम पार्ली मीणा सॉन्ग द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है इसके सुप्रीट गायक कलाकार बलराम पार्ली, जिसके मोबाइल नंबर एट डबल जीरो फाइव नाइन सेवन नाइन थ्री सिक्स टू इसके सहयोगकर्ता बीएस पार्ली जिसके मोबाइल नंबर नौ डबल जीरो चौदह इक्कीस आठ जीरो फोर ट्वेंटी गैंग सबकी घबरा जाया हम वेरे घबरा जाया उजे की घर पर बड़े बेटे के प्यार भूले तो गो आगो मनीसा जरा प्यार कलिया उजय पूरे छोड़े छोडर पाडलिया गो मनी तेरा प्यार के कलिया निशा जरा प्यार के लिया। ते तालीस तेरा दिल में हम हमरे दिल में छो ओ काई का ले ये जीत या तेरो बी ये सेवा एलो टेन्सन का केरा चते छे मारो हम हमेरे दोसा छे मारो ओ छोरी मैं तो पा डेली को बालो नाम बी एस छे मारो छोरी मैं तो फा डेली रे चौरासी जीरो पाँच गज्जू बैरा जिसके मोबाइल नंबर छियासी नब्बे नौ सौ दस दो सौ तिहत्तर अजीत पागली जिसके मोबाइल नंबर छियानबे साठ चौसत्तरबे पिचहत्तर गाड़ी नंबर आर जे उनतीस जीरो चार सौ बीस खेच बलरम गावेरे गहना जे रे वे पाडली माया हम वेरे पाडली माया वो दुसे मन कतराई बाण चलायो सदाई रंग मो ज माया दुसे मन कतराई बाण चलायो सदाई रंग मो थारी रगैरी दोस्ती दोनुई हर दाम जाके जाक हम बरे दोई हर दाम जाके जाखे उगजू बी एस कोर या प्यार सदाई मण्यो राम